बहुत परेशान हो रही हूँ भैया जाओ यहाँ से जाओ।, जाओ जाओ जाओ जाओ भैया से क्या फालतू की बातें कर रहे हो आप मेरे को पसंद नहीं है आपको मैंने बता दिया ना आप जाओ चलो भैया बता दिया तो हमें शाम सक्सेसफुल नहीं हो पाते चलो कहीं और टकराएंगे जाके और यही करेंगे और क्या करेंगे अच्छा क्या बात तो है आप जा रहे तो मेरे पास यहाँ परिंदा दिख जा लड़की दिख रही, तुम तो है घंटों में दिखी हो मुझे कोई लड़की दिखे तो बात ही कैंटीन तक जा रहे हो तो उधर अगर कोई आया लड़की तो मेरे पास भेजना है लड़की से हेल्प चाहिए अच्छा वैसी हो क्या वाली अरे भैया क्या बात कर रहे हो आप मैं आपको लिए बोल रही हूँ आप क्या बात है गंदी बात कर रहे हो जाओ आप, आप कैंटीन में देख लो वहाँ से देख लो लोम है, है, नहीं, नहीं, नहीं, है, है, है।, है।, है तो मुझे बता दो तो चाहिए नहीं आपको लड़की हो तो भेज देना लड़की तो मैडम है तो प्रॉब्लम तो शेयर कर सकता नहीं नहीं नहीं अरे क्या पता मेरे पास सॉल्यूशन हो गया? नहीं भैया कुछ नहीं कुछ नहीं अरे ऐसे परेशान क्यों हो रही हो क्या हो गया क्या हो गया कोई पर्सनल प्रॉब्लम है हां पर्सनल प्रॉब्लम है वहां पर्सनल है पर्सनल प्रॉब्लम है हां लड़की वो लड़कियों की प्रॉब्लम लड़की की बात है वो रूम को कोई पीछे कहां निकल लड़की यार मुझे तो भेज दिख नहीं दिए यार कहां दे कहां ढूंढूं लड़की से ही दो ढाई घंटे हो गए भैया यहाँ बैठे हुए लड़की मेरे कोई दिख को नहीं रही मुझे लड़की से ही मैं घर तो हाँ। को मतलब... हाँ। जाने में लेट हो रहा है घर वाले बहुत फोन कर करके पूछ रहे हैं मैं क्या बोलूँ तो मेरे फोन की बैटरी भी बंद होगी मैं घर वालों को किसान तो आपको अगर वैसा कुछ लड़का लग रहा हूँ वैसा कुछ नहीं मैं मजाक कर रहा था आ, मैं बहन बोल रहा हूँ अगर कोई वैसी प्रॉब्लम है तो यहाँ पे कोई लड़की है नहीं है अगर कोई और कुछ होता तो मुझे बता दो मैं हेल्प कर सकूँ एक भाई के नाम से कुछ ऐसा होगा भाई की बात कर रहे हो तो भैया मैं बता मैं आई देखी यहाँ शेयर देखो। करो अगर होता है ना देखो कुछ मतलब खत्म हो गई है बिल्कुल बंद हो गया मदद की जरूरत होगी तो मैं कर दूंगा नहीं होगी तो मैं क्या कर सकता हूँ लड़की दिख रही तो मैं बताया था तुम्हें अगर हमें हेल्प कर सका तो पक्का करूँगा हमारा नाम चांद अगर रखा होगी तो ढूंढ के भी दूंगा क्या वो बताऊँ भाई बहन बोल रहे हो तो मैं आपको बता दूँ तो मेरे तो ना यहाँ किसी काम से आई थी तो ये ना मेरे सलवार में कुछ हो गया तो मैं उठ नहीं पा रही हूँ अगर उठूंगी तो वो हो सो जाएगी। सोचे घंटे से सीमा बैठी हुई की कोई लड़की दिखे तो मैं क्योंकि अब किसी लड़की को तो नहीं बोल कि सारा मजाक भी जैसे आके एकदम से मजाक किया मैं किसी को नहीं कोई मजाक उड़ाए या जान जान के परेशान करे मुझे घर वाले भी सोच रहे मेरे कुछ भी नहीं है घर वाले भी सोच रहे घर वाले भी, भी बंद हो गया तो, तो, इतना थोड़ा सा तो मतलब देखना चाहिए था ना आपको कि आप घर से निकल घर से निकली थी तो सही थी एकदम से आपको मार्केट भी नहीं तो है आस पास तो कोई बैग में देख लो कुछ हो अगर नहीं भैया कुछ नहीं है मैंने बैठी थी रोगी मुझे घर वाले भी चिंता कर रहे होंगे की क्या बात हो गई फोन भी बंद आ रहा है तो गए कई घंटे हो गए तो तो अरे यार ये अच्छा एक एक मेरे पास यारोलूशन है छोटा हाँ जी आ, मेरे पास बैल या बैट लगा सकती हो हाँ बैल्ट दे दीजिए लगा दोगी हाँ बैल्ट लगा लो घर अगर जाना हो तो हाँ भैया बैल ठीक है आप एक काम करो एक सेकेंड ये लग आप, तो तो तो तो आप लोग ये लगा लो, लो। बैठ के सही से लगा लो ध्यान रखा करो ना इन चीज़ों का यार घर से निकली ये तो बिल्कुल सही था एकदम सही है देख लो लूज ना हो है ना उसको ऊपर कर लो ना यहाँ से सलवार को ना देख सुन को नि ना नहीं देखें को ऐसे ऊपर कर लेट को नीचे कर देना इतनी बात पहले बताई अगर इतनी प्रॉब्लम तो। मुझे नहीं पता तो कोई पता नहीं ना होता कि कौन कैसे हेल्प करें मैं तो तब से एक लड़की की वो कर रही थी कि कोई लड़की आ जाए मेरे को हेल्प मिल जाए और ठीक हुआ? जी ठीक है।, है तो आप चले जाओ यार, यार। मैं मैं मैं मैं तो आया मेरे को पता नहीं था मैं तो हंसी मजाक करता मैं पे चैनल है मेरा अच्छा मैं करने के लिए आता इसलिए हंसी मजाक कर रहा था मेरा कोई मोटिव नहीं था तो क्या लगा। मुझे पता नहीं था सॉरी यार तो मुझे भी नहीं पता था मैं सिर्फ हंसी मजाक इसीलिए कर रहा था की मैं यूट्यूब के लिए वीडियो बनाता हूँ अपनी वीडियो बनाता हूँ यार ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया डाल सकता हूँ आपका बना क्योंकि आपका थोड़ा प्रॉब्लम थी तो फोर मोटिवेशन अगर किसी को नहीं तो हाँ, तो हाँ हाँ डाल सकते हो सकता हूँ पर तो हाँ, प्रॉब्लम हाँ, किसी की हेल्प हो जाए तो मेरा क्या जा रहा है किसी की हेल्प हो जाए तो अच्छा बाकी ध्यान से जाओ ठीक है थैंक यू भाई अब अगर कुछ मिले आपको तो वहाँ बांध देना